चेन्नई सुपरकिंग्स ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में 18 छक्के लगाए इससे पहले सीएसके ने चार बार एक इनिंग में 17 छक्के लगाए थे जो उसका एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का पहला रिकॉर्ड था सॉरी पिछला रिकॉर्ड था अब चेन्नई सुपरकिंग्स ने रविवार को आईपीएल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का अपना रिकॉर्ड खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है